आज खाएंगे आपको खाने तो चलो चलो फिर आपको तो चलो तो तो खाएंगे ये हम हम की झोली भर रहे रहे हैं हैं ने हमें तो दिया नहीं कुछ हम दे उसको हेलो जी थैंक यू बाय इसी जिद कर रहा था कि मुझे पिज्जा खाना पिज्जा खाना तो रो रहा था फिर इसको मैंने पिज़ा ला के दिया और आज अभी मम्मी पिज़ा बाटी कर रहे हैं गाइस अभी गोल क्या दिखा रहा था वो कौन सा पिज़ा लाया आज ये है तंदुरी डबल चीज़ पिज़ा वाव गेम्स चीप ये चीफ। तो भाई देखो हैप्पी हो के खा रहा है क्योंकि इस दीप का फेवरेट है है ये डबल डबल डबल विद चीज़ ना आ, दूर्ण दूर्ण तो ये रहा हमारा सेंटा बेबी इसकी हमने ड्रेस रखी हुई थी पिछले साल की तो वही इसको इस साल पहना रहे हैं पिछले साल तो पहले थी आपने तो so, इस बार भी तो वही पहन रहे हो अभी तो जाने मुझे है नहीं कहीं जाना जा रहा हूं। बस घर पे रहो घर पे रहो सेफ रहो ओके okay? अभी, अभी आया कुछ पे आ गया था वो बेड में होगा ना कभी कपड़ों पे आते हैं कई बार तूने मार दिया उसको मम्... आ ओके okay. कपड़ों से आ जाते कोई बात नहीं ये सेंटा खाली घूम घूम रहा रहा है है देखो जी खाली को कोई बात सेंटे कॉल कर देते हैं तो चलो चलो सेंटा खाली नहीं होगा अभी के जेब भर देंगे से से से तो सेंटा से तो टॉफी टॉफी टॉफी चॉकलेट चॉकलेट इसमें आप दो हमें तो चॉकलेट दो नहीं, नहीं नहीं नहीं हमारे दो। नो, नो, नो। तो दिया नहीं कुछ हम टॉफी दे रहे हैं हो गया आपको आपको टॉफी मेरे पास है। Thank you, तो मुझे मुझे मिल गई चॉकलेट ये। भी? मम्मी को क्या देगा? मम्मी देगा। मुझे दे दो। वापस ले ली सेंटा ने टॉफी वापस ले ली और सेंटा का झोला भी गिर गया अभी <laughs> सेंटा का झोला गिर गया लाई कैसे को देने वाला नहीं है सांता ओ हो इसलिए हम भी समझ रहे हैं सांता अब कुछ देगा फिर तुम टोटल फेन पे पता गई मैं खा लूंगी चॉकलेट गोद रख लिए सांता ने रख लिए मुझे एक चौकी पैसे बच गए ये कौन थी यार ये है मिल्क की बार Few later. तो ये मैंने एक कूरियर मंगवाया है है के लिए और इस रेडी इसको अनबॉक्स करने के लिए चलो इस खोलो इसको फटाफट से क्रंची है, दूंगा। है राम से एक अच्छे खोलना हाथ ना कटे आपका नहीं करता मैं कर कर पर खोल ऐसे ही खोल लेकर आए हैं और ये भाई साहब रोक के अंदर भाग गए तो बहुत मुश्किल से मैं इसको प्यार से मना के लेकर आया हूँ तो दोबारा से इसकी अनबॉक्सिंग खुद ही करेगा अभी करना है कर लो जी कर लो ये हमारा सड़ेला बाबू है <laughs> हो गया क्या क्या इसमें इसमें ये देखो है दिखा दिखा दो, दिखा दो तो जी चलो येपी तो हुआ रोने के बाद तो अच्छे से खुलता भी है ना खुल गया खुल गया ये चीज़ खुल गया आराम से बोझे आराम से जल्द करिए तो ये है इस द्वीप के लिए जो हमने टॉय मंगवाया है ये है गई इस दीप का न्यू सेट इस गेम का नाम है हमिंग बट टॉयस। तो ये इसको जोड़ के कुछ ऐसे बनाएगा यू। ये देखो इस दीप के कितने प्यारे प्यारे टॉयस हमने मंगाए हैं और इससे इस दीप का माइंड भी तेज होगा और इस दीप अच्छे से चीजों को समझेगा जैसे अभी रोया रोएगा ने देखो इस देखो कैसे वील को लगाएगा अभी तो ये देखो गाइस में व्हील लगा दिया और कितना प्यारा देखो ये व्हील लग रहा है है ना आप खुश हो तो गाइस बताओ कि हमने ये क्या बनाया है हमने यहाँ से देख के हमने क्या बनाया है डायनासोर और देखो इसी भी कुछ बना रहा कार्डबोर्ड के हिसाब से इसी क्या बना रहे हो आप ये और देखो हमने क्या बनाया ये अभी देखो कुछ बनाया कितना प्यारा लग रहा है डेनासोर मेरे पापा ने था। मेरे पापा करी करी है है। पापा ने है है था, शादी करके लेके आया, मैं मैं मम्मी खाना के साथ। ये देखो, टेबल बना दी बड़ी बारी दोस्तों आपको और ये चाहिए तो डिश टिश में क्लिक कर उसमें ला मिल जाएगा दो इसमें हैं ये इसमें ये देखो है आपको में मिल जाएगा लाइक लाइक लाइक लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट वीडियो वीडियो को करना। वीडियो को करना करना मेरी ने आ, कितना अच्छा डिजाइन बनाया ये देखो गुड माफ्टरनून गाई सॉरी मैं अपना आज लेट शुरू कर रहा हूँ क्योंकि तो आज है 25 दिसंबर और Merry Christmas to all of you और शहीदी दिवस की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं